नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विद आशीष पांडे लखनऊ से मिथुन राशि के जातकों का जनवरी माह का ये राशिफल कैसा रहेगा ये प्रोग्राम अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ साथ ही साथ दर्शकों मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी माह को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम क्या प्रयोग हो सकते हैं इन सभी विषयों पर आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंत तक बने रहिएगा आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वार्षिक राशिफल 2020 मिथुन राशि के जातकों का हमारे इस चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं लाभान्वित हो सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार भी हमारे चैनल पर राशिफल पड़ चुका है आप लोग देख सकते हैं जुपिटर का जो मेजर ट्रांजिट होने वाला है इससे संबंधित भी वीडियो पड़ चुका है शनि का पड़ चुका है तो कुछ बचा नहीं दर्शकों आप लोगों के लिए तो इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार मिथुन राशि के जातकों कौन कौन से हैं आइए उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो छः तारीख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 चंद्रमा आपके जिस घर में बैठा होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है चंद्रमा के गोचर के आधार पर ग्रहों के नक्षत्रों के आधार पर ये राशिफल हमने तैयार किया है सबसे पहले देख लीजिए राहु देव का जो है मिथुन राशि में चलायमान है चंद्रमा के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं ग्रह दोष बना रहे हैं सवा दो दिन में चंद्रमा ये क्लास मूव करके अपनी कर्क राशि में चले जाएँगे गुरु शनि केतु जी हाँ जूपिटर सेटन एंड केतु ये धनु राशि में सेजिटेरियस में चल रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि 24 जनवरी को शनिदेव का मेजर ट्रांजिट हो रहा है सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है ढाई साल के लिए ये स्वराशि में आने वाले हैं सूर्य और बुध ये मकर राशि में चलायमान है लेकिन सूर्य देव 15 तारीख को ही मकर राशि में आएंगे इससे पहले ये धनु राशि में रहेंगे शुक्रदेव कुंभ राशि में चलायमान है मंगल वृश्चिक राशि में चलायेमान है तो देखिए यही ग्रहों का जो परिवर्तन होता है नक्षत्रों का जो परिवर्तन होता है इन्हीं के आधार पर राशिफल बनाया जाता है तो मिथुन राशि के जातकों 9 वर्ष का प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा क्या कुछ चीज़ें लेकर के आया है तो नए साल की शुरुआत मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी स्लो हो सकती है किसी भी नए बदलाव या उपलब्धियों की अपेक्षा स्टार्टिंग में ना करें तो बेहतर रहेगा कैरियर की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थिर रहने वाली है यदि आप कैरियर की उन्नति के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करने के सितारे सलाह दे रहे हैं इस अवधि में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना और थोड़ा सा आप लोग यदि बीमार पड़ जाते हैं तो हल्के में मत लीजिएगा अन्यथा बिल्कुल लपेटे में आ जाएंगे मिथुन राशि के जातकों वर्ष की शुरुआत में एक बहुत ही शांतिपूर्ण माह की अपेक्षा आप लोग कर सकते हैं ये माह आपका शांतिपूर्वक बीतेगा आपके सितारे जो हैं बैलेंस हैं संतुलित हैं और सकारात्मक स्थिति में हैं कैरियर फाइनेंस अर्थात वित्त आपकी निजी जीवन या घर संबंधी बातों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जनवरी आपके लिए एक उपयुक्त और भाग्यदायक महीना होगा आप जो भी चुनाव करते हैं कहीं से गलती मत करिएगा देखिए दो रीजन रहेंगे फोर्थ के लॉर्ड मतलब आपके लग्नेश और सुखेश बुद्ध बनते अष्टम में हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा यदि प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई आपको जो है पेपर वगैरह आता है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको बड़ों की राय लेनी पड़ेगी एक बात और बता दें कि किसी से बहुत बड़बोलापन मत करिएगा झूठा वादा मत करिएगा आप लोग सरलता से वश में आ जाते हैं लोग आपको ऐसे ही मना लेते हैं अपने अधिकारों के पक्ष में खड़े होना आप लोगों को सीखना पड़ेगा इस महादर्शियों को और बताना एक चीज चाहेंगे कि कोई ना कोई पद प्रभुता या अधिकार की प्राप्ति आपको हो सकती है आपके नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है सैलरी में आपके इंक्रीमेंट लग सकती है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें मिथुन राशि के जातकों को थोड़ा सा जो है विचलित कर सकती है आ, वही जो है 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में राज्यकर्मियों से असहयोग के उपरांत तो भी शासकीय सम्मान आपको मिलेगा कुल मिलाकर के कार्यों में सफलता ये माह लेकर के आया आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक रहेगा विवाह आदि किसी उत्सव में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा आपका दांपत्य जीवन तथा संतान आ, सुख जो रहेगा सुखद रहेगा आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है बहुमूल्य धातुओं का लाभ मिलेगा गोल्ड ज्वेलरी वगैरह प्लेटिनम ज्वेलरी वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं शेयर से सट्टे से अथवा जुए से कुछ आपको हानि हो सकती है कोई नया प्रेम संबंध इस माह स्थापित होने के स्पष्ट संकेत मिथुन राशि को दिखाई दे रहे हैं वहीं विदेश विदेश में जाने के जो है योग बन रहे हैं यात्राओं के योग बन रहे हैं इस माह स्थानांतरण का भी योग से इंकार मिथुन राशि के जातकों को नहीं किया जा रहा है शुक्र का गोचर कुछ अनिष्टकारक आपके लिए होने वाला है तो जो क्या कहते हैं सुखो जो है सुखो भोग की वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो आप हानि उठा जाएंगे किसी महिला के कारण आपके ऊपर कोई आक्षेप लग सकता है प्रशासकीय कारणों से संकट में मिथुन राशि के जातक पड़ सकते हैं कुछ छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जो आपके लिए कष्ट होंगी अथवा हो सकता है आपको निरस्त करना पड़े एक बात और बताना चाहेंगे जब जब चंद्रमा राहू का ग्रह दोष बनेगा तब, तब तब आपको दिक्कत आएगी जब जब किमद्रुम दोष रहेगा कोचर में तब तब मिथुन राशि के जातकों को बहुत ज्यादा मानसिक रूप से परेशानी आएगी तो धन का फ्लो बना रहे परेशानी ना इसके लिए करना क्या होगा तो देखिए उपाय तो बताने जा रहे हैं लेकिन सबसे पहले तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए कि वास्तव में आपकी हॉरोस्कोप क्या कह रही है ये तो दर्शकों देखिए करोड़ों लोगों का राशिफल हो जाएगा क्योंकि मिथुन राशि केवल आपकी ही नहीं है चंद्रमा केवल आपके ही हॉरोस्कोप में नहीं बैठा हुआ है तो आप अपने पर्टिकुलर हॉरस्कोप से अपने बारे में भूत भविष्य वर्तमान के बारे में आप लोग जान सकते हैं उपाय पर आ जाते हैं दर्शकों क्योंकि बहुत लंबा ये राशिफल हम नहीं बनाएंगे समय की आपको भी बहुत ज़्यादा दरकार है हमको भी रहती है और अगर आपको ब्रहत देखना है तो आप लोग वार्तिक राशिफल दो हज़ार बीस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है देख सकते हैं करने के जो है इस माह में सबसे ज़्यादा प्रभावी उपाय कौन कौन से रहे सबसे पहले यात्राओं पर निकलने से पहले प्रविश नगर की जाए सबका जाए हृदय राग कौशलपुर राजा ये जो रामचरित मानस की सुंदरकांड की चौपाई है इसका आपको कम से कम 21 बार पाठ करना रहेगा दूसरा लक्ष्मी सूक्त का पाठ आपको नित्य करना रहेगा जिससे जो धन का फ्लो है ये बना रहेगा किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके अपनी हॉरोस्कोप कोई बढ़िया सा जेम जो आपको सूट करे वो आप लोग पहन सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों इस माह शुक्रवार वाले दिन आपको शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करना रहेगा जिससे जो शुक्र का प्रभाव है जो विस्फोटक स्थिति रहेगी वीनस की ये आपके साथ नहीं होगी भगवान भास्कर को नित्य अर्घ्य दें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको डेली करना रहेगा रविवार वाले दिन गाय को गेहूँ और गुड़ आप लोगों को ज़रूर खिलाना रहेगा तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं इसके अलावा और भी बृहद उपाय हैं आप लोग जा करके हमारे चैनल पर वार्षिक राशिफल देख सकते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने लिए पर्टिकुलर उपाय पूछ सकते हैं शुभ दिवस पर आते हैं जो आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा तो इस माह की देखिए दो तारीख रहेगी तीन तारीख रहेगी पाँच तारीख रहेगी आठ तारीख रहेगी नौ तारीख रहेगी तेरह तारीख रहेगी 14 तारीख रहेगी 16 तारीख रहेगी 19 तारीख रहेगी और 25 तारीख आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहेगा शुभ कार्यों को आप लोग कर सकते हैं वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो एक तारीख है चार तारीख है छः तारीख है 11 तारीख है 15 तारीख है 17 तारीख है 21 तारीख है 24 तारीख है छब्बीस तारीख है उनतीस तारीख है और तीस तारीख है तो इनमें आपको विशेष सावधानी रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं वहीं आपके भाग्यशाली कलर की बात करते हैं तो येलो कलर और लाइट ग्रीन कलर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा भाग्यशाली अंक पर आते हैं तो तीन तारीख और छः तारीख जो रहेगा ये आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली अंक रहेगा इन अंकों का प्रयोग आप अपने शेयर में छत्ते में लॉटरी इत्यादि में कर सकते हैं तो दर्शकों प्लीज़ देखिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए और जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर करिए यदि आप लोग भगवान राम के को मानते हैं भगवान राम के परम भक्त हैं अनन्य भक्त हैं तो प्लीज़ जय श्री राम का आप लोग कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये संदेश पहुँच सके कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो उपाय बताएं उसको जरूर करिएगा नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के सहित आपको छोड़े जा रहे हैं और इस आशा के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम